कुल तो अब जरा जरा देहकता है महकता मह राजू तो मेरा सिरा मुझे भले नकनी बाहती है आशीरे आ जा दे। तुमसे ही गया ये निमझिनी का पल पल